मित्रों आज एक ट्विनर की बात करेंगे यह एक बिल की फॉर्म में आपको दिख रहा है जिसको हम वाराही कंद कहते हैं वारा का मतलब सुअर से है यह सुअर को भी बहुत पसंद आता है लेकिन क्यों पसंद आता होगा इसके बारे में हम आपको बताएँगे यह कंद इसके ट्यूबर और इसके बलबिल्स जो कि इसका जो स्टेम है ये ट्विनर है प्यूबिसेंट स्टैम होता है इसका और प्यूबिसट स्टैम्प के जो लीव्स लगते हैं इसके एक्जिल में बल्बिल्स की डेवलपमेंट होती है और उस बल्बिल्स का मेडिसनल उपयोग है साथ साथ इसके टूबर का भी उपयोग है उत्तराखंड में इसको हिंदी में गैंथी के नाम से जानते हैं और उत्तराखंड में तेरह से ज़्यादा स्पीसीज इसकी पाई जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड 600 से ज़्यादा स्पीसीज़ पाई जाती हैं इंडिया के अंदर 136 स्पीशीज इसकी पाई जाती हैं यह है डायस्कोरिया बल्बी है इसके साथ साथ डाइस्रिया की कई स्पीशीज और भी हैं जो फूड सप्लीमेंट के साथ साथ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी रखती हैं आप इसको देख पाते हैं जैसे कि आपको पता होना चाहिए डायस्कोरिया की एक स्पीशीज है डायस्कोरिया हिस्पीडा हिस्पीडा में नारकोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं पॉइजनस प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके कारण इसको एज सच फूड सप्लीमेंट में यूज नहीं करना चाहिए इसीलिए कहा गया है कि टेक्सोनिक आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर हो तभी आप डाइस्कोरिया को यूज़ कीजिए तो ये डाइस्कोरिया की जो स्पीसीज है यह है यह पूरी तरह से सेफ है इसको यूज किया जा सकता है इसका प्रोपेगेशन बलबिल्स के माध्यम से और रूट के जो टूबर्स होते हैं उसके माध्यम से किया जा सकता है सी इसकी फैमिली है अब हम आते हैं इसके यूज़ के बारे में आप ये देख रहे होंगे कि डायस्कोरिया का जो बल्बल्स होता है वो विशेष रूप से फूड सप्लीमेंट का भी काम करता है अष्टवर्ग के जो प्लांट होते हैं वृद्धि वृद्धि उनका भी ये सब्सिट्यूट प्लांट है अष्ट वर्ग जो वृद्धि वृद्धि होती है वो हैबीन एरिया इंटरमीडिया हैबीन एरिया एजवर्दी के नाम से जानी जाती है इसके साथ साथ जो इसका जो बुलबिल्स होते हैं जो इसके टूबर होते हैं उसको हम पार बोइलिंग करते हैं पार बोइलिंग करने के बाद उसको हम ड्राई करके उसका पाउडर बना लेते हैं उसके अंदर हाई कंटेंट आयरन का पाया जाता है स्टार्च पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है जो नेचुरल सप्लीमेंट का कार्य करता है आमतौर पर हम देखते हैं कि जिम में आ, जो बच्चे या यंगस्टर्स जाते हैं वो कुछ सप्लीमेंट का इस्तेमाल करते हैं जो कि सिंथेटिक होता है और बहुत साइड इफ़ेक्ट वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स पे करता है लीवर एंड किडनी पे तो नेचुरल जो सप्लीमेंट है वो डायस्कोरिया है इसको सेफली यूज़ किया जा सकता है इसके साथ साथ यह हाई ग्लासिमिक इंडेक्स जो ब्लड में हाई ग्लूकोज का जो लेवल होता है कई बार देखा यह गया है कि ओबीसीटी के कारण ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और पार्शली डायबिटीज जैसे सिम्टम भी आ जाते हैं उस केस में क्या कर सकते हैं पाँच ग्राम इसका पाउडर शहद के साथ दिन में दो बार ले सकते हैं एनर्जी से परिपूर्ण बॉडी को रखेगा ओबिसिटी को धीरे धीरे कम करेगा और यह वंडरफुल एडेप्टोजेनिक भी है अब हमने देखा कि इसके जो लीव्स हैं इसके लीव्स का डिक्शन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ गोनोरिया या सिफलिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिकॉक्शन बना के बॉडी के ऑर्गन्स को वॉश किया जा सकता है और कंप्लीट डिकॉक्शन से पूरे स्नान भी किया जा सकता है उसमें होने वाली इचिंग स्किन इरपसंस जो हो जाते हैं वो भी इजीली कंट्रोल किए जा सकते हैं बहुत सेफ़ ये रेमेडी है ध्यान ये रखना है कफ कोल्ड डायबिटीज़ इन सब में इसका इस्तेमाल तो हम करते हैं लेकिन अगर कफ की पुरानी प्रकृति हो बॉडी में पुराने टॉक्सिनस एकूमुलेटेड हों तो लंबे समय तक इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका इस्टरायडल नेचर होने के कारण क्योंकि इसमें नेचुरल स्ट्रॉयड भी पाए जाते हैं कई बार वो टॉक्संस बॉडी से एलिमिनेट नहीं कर पाते और वो एक्साजिरेटेड रिएक्शन हमारी बॉडी में कॉज कर सकते हैं तो वेट लॉस करने के लिए ले सकते हैं ओ के दौरान ग्लूकोज लेवल को कम करने में ले सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूट्रिएंट और एनर्जी का ये सोर्स है उस फॉर्म में ले सकते हैं फूड सप्लीमेंट है आने वाली वीडियो में हम फिर मिलेंगे और तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद नमस्कार और वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अपने वैल्यूबल सजेस्ट